फैक्ट नंबर एक दुनिया में सिर्फ दो परसेंट ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आँखों का रंग हरा है और उनमें से क्रिस्टन स्टूअर्ट की आँखों का रंग हरा है फैक्ट नंबर दो हर साल दो मिनट ऐसे होते हैं जिनमें इकसठ सेकंड होते हैं फैक्ट नंबर तीन जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है वो लोग ज्यादातर मौके पर दूसरे लोगो की आलोचना करते हैं